तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आई हो प्छे योगे मैं के पी आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो देख सकते हो ये है मुरादनगर का स्टेशन निकल चुका है और ये मुरादनगर की नहर आने वाली है तो आपको बता दूं कि आपको बता दूं कि दोहाई से लेकर और मोदी नगर तक का जो बायोडक्ट है वो बिल्कुल जुड़ के कंप्लीट सही हो चुका है तो आपको दिखाते क्या कहाँ कहाँ पर बाकी रह गया बायोडेक्ट जुड़ने के लिए दोस्तों तो देख सकते हो दो पिलर ये बचे हुए हैं जो कि ये नहर की तरफ से आ रहा है इधर मुरादनगर के स्टेशन की साइड में ये लॉन्चर लगा हुआ है ये दो पिलर कनेक्ट किए जा रहे हैं ये दो पिलर कनेक्ट हो जाएंगे देख सकते हो ये नीचे रखा हुआ है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत तो बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर के संत लाता रहता और आप लोगों को देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हो यह है मुरादनगर की नहर जिस अभी हम चल रहे हैं तो ये मुरादनगर की नहर है इस पर बायोडेक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया जा चुका है पहले ही और जहाँ पर ये लॉन्चर लगाया गया था पहली बार वो जगह है ये वाली देख सकते हो ये जो पिलर है इस पिलर से लॉन्चर स्टार्ट हुआ था ये जो क्रेन मशीन रखी हुई है देखो यहाँ से ये पिलर ये लॉन्चर लगाया था इस जगह से ये लॉन्चर लगाया गया था और ये जा रहा है मुरादनगर स्टेशन के साइड में और दो पिलर ये बचे हुए हैं जो लॉन्चर ये पहले पीछे लगा हुआ था ये लॉन्चर इसको जोड़ देगा बायोडक्ट का तो देख सकते हो ये बायोडक्ट यहाँ तक क्लियर हो जाएगा जुड़ के दोस्तों अब देखते हैं आगे चल के आगे कितना कुछ बाकी रह गया है जो कि मोदी नगर साउथ का स्टेशन है वहाँ तक कितना बायोडक्ट क्लियर हो चुका है वो भी आप लोग देखेंगे तो देखते हैं चल के आगे के वहाँ पर कितने पिलर बाकी बचे हैं बायोडक्ट को जोड़ने के लिए दोस्तों तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस केपी पी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आपको बता दूं ये जल्दी ही रैपिड रेल स्टार्ट हो जाएगी चलनी जो कि प्रियोरिटी सेक्शन से स्टार्ट होगी जो कि प्रियोरिटी सेक्शन है इसका साहिबाबाद से लेकर और दोहाई के बीच में सत्रह किलोमीटर का पार्ट है और इस आपको बता दूँ रैपिड रेल का जो ट्रायल रन है वो भी स्टार्ट हो चुका है तो वो भी मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बैलाइकिन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों तो आपको बता दूँ कि जो बायोडेक्ट के ऊपर आपको बता दूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकसिटी के खम्भे लगाए जा रहे हैं और खम्भे लग जाने के बाद में फिर उन पर खम्भे के ऊपर जो ओवरहेड हेड है वो लगाए जाएंगे फिर उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों तो आपको बता दूं कि इस पर अभी जो पैराफिट बॉल बनाने का काम था वो हो चुका है अब इस पर आपको बता दूँ ट्रैक बिछाया जा रहा है दोस्तों पहले ट्रैक स्लेब बिछाए जाते हैं फिर ट्रैक बिछाया जाता है तो वो भी मैं आप लोगों को कि किस तरीके से बिछाया जाता है वो सब कुछ आप लोगों को आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों के पी संत के चैनल पर तो कहीं मत जाओ कैसे कैसे जोड़ा जाता है किस तरीके से जोड़ा जाता है लाइन को वो मैं सब कुछ आप लोगों को जो आगे वीडियोज आने वाले हैं है, उनमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो आप लोगों को मैं ऊपर का भी दिखाऊंगा अभी तो आप लोग नीचे का देख लो आपको ऊपर का भी मैं दिखाने वाला हूं तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों देख सकते हो कुछ पिलर ये बचे हुए हैं तो आपको बता दूं यहाँ पर बायोडेक्ट ये जुड़ता हुआ जा रहा है मोदी नगर साउथ के स्टेशन के लिए दोस्तों तेजी के साथ में अभी वर्क चल रहा है इस स्टेशन पर तो देख सकते हो सारे पिलर बन के कंप्लीट हो चुके हैं और आपको बता दूं कि ये 23 थ्री पिलरस हैं जो अभी जोड़ने के लिए बचे एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने के लिए ये बायोडेक्ट क्लियर कर रहा है दोस्तों तो ये ट्वेंटी पिलर्स हैं देख सकते हो ये बचे हुए हैं बाकी बायोडक्ट को क्लियर करने में मोदीनगर साउथ के स्टेशन से पहले दोस्तों तो ये आ रहा है महराद की साइड से तो देख सकते हो ये फिनिशिंग का काम चल रहा है इस पर पिलर कैपिंग का दोस्तों और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कुछ पिलर बचे हुए थे उन पर देख सकते हो ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया पिलर का अब इस पर रिंग लगाए जा रहे रिंग लग जाने के बाद में इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा जैसे कि इस पिलर में देखो ये सेटरिंग लगाई जा रही है बाहर से और फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा तो ये पिलर बिल्कुल बनके कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नहीं रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन भेजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ऐसे ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी के चैनल पर तो देख सकते हो ये पीयर कैप लगाया जा रहा है पिलर के ऊपर देख सकते हो किस तरीके से ये लगाया जा रहा दोस्तों तो ये पूरा ही सरिया का जाल है तो उसी तरीके से लगाया जाता है दूसरा लॉन्चर देखो ये लगा, लगा हुआ है ये भी आ रहा है मोदी साउथ के स्टेशन की साइड से और ये जा रहा है मुरादनगर की साइड के मुरादनगर स्टेशन की साइड में दोस्तों इसका तो ये सारे को जोड़ता हुआ जा रहा है तो इस पर जल्दी ही बायोडेक्ट क्लियर कर लिया जाएगा दोस्तों तो आपको बता दू की सन दो तक ये बिल्कुल बायोडेक्ट बिल्कुल ये रेपिड रेल बिन तैयार हो जाएगी सन दो तक आपको बता दो दोस्तों और ये पच्चीस में चलाई जानी कुछ बायोडक्ट ये यहाँ पर बचा हुआ है तो लॉन्चर लगा हुआ है और ये जा रहा है मोदीनगर साउथ के स्टेशन की साइड में तो कुछ पिलर ये बचे हुए देख सकते हो अट्ठारह पिलर कुछ ये हैं दोस्तों जो कि बायोडक्ट को जोड़ेंगे तो देख सकते इन पर इधर ये पीयर कैप का काम किया जाना है दोस्तों जब हम मोदीनगर साउथ के स्टेशन के करीब पहुँच जाएंगे तो वहीं पर ये काम चल रहा है पियर कैप लगाने का दोस्तों और पियर कैप लगाए भी जा रहे हैं दोस्तों और और आपको बता ये पूरी परियोजना है है है करोड़ रुपए की की लागत से से कॉरिडोर बनाया जा रहा किलोमीटर का रूट दोस्तों इस इस पर की से, इस पर रफ्तार रैपिड रेल दौड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों तो आने वाले टाइम में बहुत ही हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है जो आने वाला कल है दोस्तों आपको बता दू के मोदी सरकार के राज्य में बहुत सारी सुविधाएँ मिलती चली जा रही हैं दिन के दिन एक तो रैपिड रेल ये कुछ एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ेगी और आपको बता दूं दोस्तों के हमारे जो मोदी नगर मुराद नगर बाती हैं जो मेरठ के बाती हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि चार पाँच घंटे फंस के आते थे मेरठ से डेली के लिए अब उनके लिए सिर्फ़ पैंतालीस मिनट में वो दिल्ली पहुँचा करेंगे दोस्तों आप लोग देख सकते हो दूसरा लॉन्चर तीसरा लॉन्चर ये चौथा लॉन्चर सॉरी चौथा लॉन्चर ये लगा हुआ है ये भी मुरादनगर स्टेशन की साइड में इसका मुंह है ये भी लॉन्चर जोड़ता हुआ जा रहा है उस साइड में तो 18 प्लर थे अब आगे आने वाला आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मोदीनगर साउथ का स्टेशन कि मोदी साउथ का स्टेशन पर क्या क्या कुछ वर्क चल रहा है वो आप लोग इस अपनी आँखों से देखना तस्वीरों में देखना दोस्तों तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों के संत को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो वीडियोस को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही के के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों देखते रहो तो देख सकते हो यह आ चुका है मोदी साउथ का स्टेशन तो अभी आपको बता तो देखो फैक्टरिंग लगी हुई है जो कॉनकोस्ट लेवल का जो बिंग्स है उसको बनाया जा रहा है दोस्तों और प्लेटफॉर्म लेवल का तो बिंग्स बना दिया जा चुका है अब कॉनकोस्ट लेवल का ये बिंग्स को बनाया जाएगा दोनों साइडों में देख सकते हो तस्वीरें तो प्लेटफॉर्म लेवल के बिन्स तो बन चुके हैं ऊपर के अब नीचे वाले बनने हैं इसके कॉन्कोस्ट लेवल वाले दोस्तों तो कॉन्कोस्ट लेवल के जैसे ही ये बिंक्स बन जाएंगे फिर इन पर गटर लॉन्चिंग की जाएगी फिर इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा फ्लोरिंग करके फिर स्टेशन को बनाया जाएगा तो देख सकते हो ये गटर लॉन्चिंग की जा रही है कहीं कहीं और कहीं कहीं ये बिंग्स को बनाया जा रहा है दोनों साइडों में स्टैंड किया जा रहा है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये मोदीनगर साउथ का स्टेशन है और ऐसे ही वीडियोस देखो के पी के चैनल पर तो देख सकते हो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में दोस्तों इस पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर एक फ्लोर कर भी दिया ये देख सकते हो ये कौन कौन लेवल का ये फ्लोर फ्लोरिंग कर दिया जा चुका है इस पर अब इस पर फ्लोरिंग हो गया फ्लोरिंग हो जाने के बाद में ऐसे ये पक्का कर जाए बिल्कुल सारे दोनों ही लेवल के प्लेटफॉर्म को लेवल कर दिया जाए तो देख सकते हो जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो बिंग्स है उसको बना दिया जा चुका है अब नीचे वाले बनाए जाएंगे दोस्तों और बन जाने के बाद में फिर इस पर गटर लॉन्चिंग ही जाएगी गटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद भी बनाए जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करके बताओ हमें नीचे वीडियो कैसा लगा के पी संत का और के पी संत लाता रहता आप लोगों के बीच में तो हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन से प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा दे चैनल सब्सक्राइब तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत